नमस्कार आपका एन पब्लिक भारत पर स्वागत है आप देख रहे हैं एन पब्लिक भारत आज हम आपको दिखाएंगे आज की सबसे बड़ी खबर रविवार को महाकाल लोक देखने उमड़े लोग भीड़ ने तोड़ा रिकॉर्ड उज्जैन मार्ग पर लगा लंबा जाम महाकाल लोक में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है रविवार को अवकाश होने के कारण उज्जैन में दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जिसके चलते इंदौर सामने रोड आरोप ट्रैफिक जाम के हालात बन गए त्रिवेणी पुल से लेकर महाकाल गेट तक दिन भर वाहनों की कतारें लगती रही इसके अलावा और धर्मपुरी वाले हिस्से में भी यातायात बार बार बाधित होता रहा क्योंकि यहां पैच के कारण सड़क के एक तरफ का हिस्सा बंद कर दिया गया रविवार को जैन में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। महाकाल लोग ऐसी पहले उज्जैन शहर में एंट्री के लिए भी लोगों को जदोजहद करनी पड़ रही है क्यूँकी बड़ी संख्या में वाहन आने के कारण उज्जैन की यातायात व्यवस्था गड़बड़ा गई है लोगों को वाहन पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल रही है गलियों में भी वाहन गुत्था हो रही है प्रदेश के दूसरे शहरों के पर्यटकों के अलावा उज्जैन के आसपास के नगरों और ग्रामीणों में भी बड़ी संख्या में लोग रोज उज्जैन पहुंच रहे हैं उधर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने इंदौर उज्जैन मार्ग की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है इस कारण कई जगह एक लेन में ट्रैफिक चल रहा है ये भी ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह है महाकाल लोग को देखने के लिए बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटक इंदौर भी रुकते हैं इन दिनों सराफा 56 दुकान में ज्यादा भीड़ नजर आने लगी है इसके अलावा होटलों को भी अच्छी बुकिंग मिल रही है इंदौर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी के अनुसार अगले तीन महीनों तक इंदौर में होटलों की अच्छी बुकिंग मिल चुकी है ज्यादातर लोग उज्जैन और ओंकारेश्वर जाने के लिए इंदौर रुकने की प्लानिंग करते हैं